राधे राधे राधे राधे ये पीछे गिर देखिए जिसकी परिकम्मा होली धन की पुनो कही रात है रविदास जयंती है इधर आए थे राधे राधे राधे ये के शरण में राधे राधे राधे ये बने हुए अंदर चलो अंदर भैया बाहर बाहर गए फोन फोन आ जी मानसी गंगा पे परिकम्पा खत्म करते हुए दर्शन करने के बाद बैठे हुए इंतजार में सभी लोगों के उसके बाद जाते हैं राधे राधे